नमस्कार और आप देख रहे हैं फसल हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए राहत भरा फैसला जारी किया है सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर खरीफ फसलों का पंजीकरण करवाने के लिए किसानों को एक और मौका देते हुए पोर्टल फसल हरियाणा डॉट गमेंट डॉट इन को एक या दो अक्टूबर तक पुनः खोलने का निर्णय लिया है ताकि किसान अपनी खरीफ फसलों का पंजीकरण करवा सके फैदाबाद के सी सेंटर जो किसान अभी तक पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण करवाने से वंचित रह गए थे किसान निर्धारित इन तीनों दिनों में यानी एक से तीन अक्टूबर तक अपनी खरीफ फसल का पंजीकरण करवा सकते हैं पंजीकरण करवाने के लिए पीपीपी, पी पी यानी परिवार पहचान पत्र जरूरी है और इसके अलावा ज़मीन की फर्ज मोबाइल नंबर और बैंक की कॉपी पंजीकरण के लिए आवश्यक है आपको बता दें कि किसानों द्वारा अपने कृषि उत्पादों को मंडियों में बेचने के लिए तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पर पंजीकरण करवाना आवश्यक है कई किसान अपना पंजीकरण पोर्टल पर नहीं करवा सके हैं उनके लिए ये कुछ समय के लिए खोला गया है वे सी सेंटर पर जा के अपनी फसल का पंजीकरण करवा सकते हैं इसके लिए अधिक जानकारी के लिए किसान किसी भी प्रकार और किसी भी दिन उप निदेशक कृषि अथवा अपने निकटतम कण कृषि अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं इसके लिए किसान कृषि विभाग के टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं बल, -बल फतेहाबाद फतेहवा से राजेशंबू की विशेष रिपोर्ट सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्योरा जो पोर्टल है उसको किसानों के लिए दोबारा खोला केंद्र के लिए क्या जानकारी है इसके बारे में सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्योरा का जो पोर्टल है वो एक से तीन तारीख तक खोला है जो किसान इस फसल पंजीकरण से वंचित रह गए थे सरकार ने उनको एक मौका और दिया है ताकि वो अपना फसल का पंजीकरण करवा सके इसके लिए इसके अंदर जो आवश्यक दस्तावेज बताए गए हैं वो है परिवार पहचान पत्थर फड़द मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की कॉपी जिस जो किसान जो रह गए थे फसल पंजीकरण नहीं करवा सके थे जो वो अपना फसल पंजीकरण इन तीन दिनों के अंदर अंदर करवा सकता है